तो दोस्तों आप इन तीन कारणों की वजह से आलस आता है नंबर वन छोटे छोटे कामों को बहुत बड़ा समझने से भी आलस आपको पकड़ लेता है और आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हो नंबर टू यदि आप नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं तो भी आपको आलस बहुत जल्दी आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग और आलस एक साथ रहता है नंबर थ्री यदि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो दिन भर आप अपने आलस को अपने माइंड और बॉडी में महसूस करेंगे जिसकी वजह से आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे